दो सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है कितना सेंटीमीटर का बेटा दो, दो सेंटीमीटर का दो सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ये केप पकड़ सर मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ बोल पहले सबसे पहले जब 2019 से ये भर्ती आ रही है जब से मैं ये भर्ती दे रही हूँ ये 2019 का मेरा जब मेरे को मेडिकल में एम मिला था ये तुमने रिटर्न रोक दिया अब इसमें मेरी क्या गलती है की तुमने रिटर्न रोक दिया पहली बात तो ये है की मेरे पापा कभी चाहते ही नहीं थे की मैं इधर जाऊँ पर उनकी हर बात को मैंने टालते हुए मैंने जब से भर्ती आई जब से सोचा कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करना है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पापा बार बार बोलते रहे अब, अब मैं क्या करूं मेरा दो सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है पहले तो तुमने दो में एक सौ बयालीस ली थी एक सौ बयालीस मतलब बंदूक की गोली होती है अब तुम्हे एक फोर्टी सेवन चाहिए अब इसमें मेरी क्या गलती है क्या कोई मेरा दुख बहुत है वास्तविकता है ये जो बच्ची है पूर्वी अब तो मैं ओवर एज भी हो चुकी हूँ दो हजार लास्ट चांस है, उसमें भी मेरी हाइट नहीं है इसकी दो दो, दो एडमिट कार्ड है इस बच्ची के पास वास्तविकता में परेशानी बहुत बड़ी है दो दो एडमिट कार्ड है एक एडमिट कार्ड जिसमे इस बच्ची का रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है दूसरा एडमिट कार्ड जिसमे इस बच्ची को थोड़ा सा मेडिकल के अंदर मिला था और अब एक सेंटीमीटर हाइट कर दी गई है मतलब कि डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट चाहिए देखो हम सिर्फ इंडियन आर्मी के रूल्स जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को आपको अवगत कर, करवा सकते हैं नोटिफिकेशन में कल ही मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है कि 162 सेंटीमीटर हाइट कर दी तो जो हाइट वाला पैमाना है वो इस प्रकार कर दिया है ये बच्ची दो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कम है मुझे नहीं पता कि यह हाइट क्लियर कर पाएगी फेल एडमिट कार्ड सामने देखो पास चलो फेल क्या हुआ हम देखो रोने देखो हर चीज का सॉल्यूशन होता है होता नहीं होता है एक अपना भट्ट करके एक लड़की हुआ करती थी हमारे पास उसका पहले क्या था एमपी पुलिस के अंदर फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में बोला भी फेंक पाई थी वो एमपी पुलिस के अंदर लेकिन आज वो बच्ची क्या है एस आई बनी हुई है दो स्टार लगे हुए उस बंदी कितने कितना स्टारत में शायद आर्मी में जाना नहीं होगा तो हो सकता है हाइट कम पड़ गई है एक सौ सेंटीमीटर हाइट है कोई बात नहीं एक सेंटीमीटर में आप मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं बेटा तैयारी कर अभी तू एसआई की तैयारी कर रही है ना तो घबरा ना के में रोना क्या तैयारी नहीं कर सकती है क्या कर सकती है ना अभी पढ़ाई कर रही है नहीं कर रही है कोई बात नहीं बेटा एसआई के लिए है तू इलिजिबल घबरा मत अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो ठीक है अपने माता पिता को ऐसे रोकर कमजोर नहीं करना फेल, फेल।, फेल।, फेल।, फेल। टच है एकदम बराबर बस फेल फेल किस चीज की तैयारी करने के लिए आए थे आप आर्मी जीडी। डी एक सेंटीमीटर का वेरिएशन है टच हो रही है हल्के सी लाइन से अगर अभी भी एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगा बेटा है ना आ गया थोड़ी आ गया सीधे कड़े दो सेंटीमीटर का तेरा भी फर्क है फेल ये वो बच्चिया थी जो एक सेंटीमीटर हाइट जब मांगा कर की थी मतलब लास्ट वाले नोटिफिकेशन में एक सेंटीमीटर हाइट थी उसमें सारी पास थी। अभी इंस्टेंट नया जिसमें एक सौ सेंटीमीटर हाइट कर दिए क्या चीज की प्रिपरेशन कर रही है बेटा आर्मी जीडी आर्मी जी डी पक्का आर्मी जी की तैयारी तो कर रही है एनडीए की कर रही थी ना एनडीए के अंदर हाइट का कोई रोल नहीं होता एक सेंटीमीटर पास फेल, फेल, पास, तो समझ में आया कभी तो भी कुछ भी नोटिफिकेशन में चेंजेस हो सकता है इसलिए आप लोगों को अपनी चीजें सभी प्रकार से तैयार रखना है पढ़ाई अच्छे से करोगे एस जीडी का भर्ती आएगा उसमें सेलेक्ट हो जाओगे एनपी पुलिस आएगा उसमें सिलेक्ट हो जाओगे आर्मी आएगा उसमें सिलेक्ट हो जाओगे मेरे भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो निरंतर आपको सभी तरीके से तैयार होना पड़ेगा ये था लड़कियों के लिए खासकर आर्मी का हाइट मेजर वाला वीडियो क्योंकि आर्मी की हाइट अभी चेंज कर दी गई है सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए